हेलो दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने एक निर्देश जारी किया है जिसमें विद्या संबल योजना के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 नवंबर 2022 कर दी है निर्देश समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा विषय विद्या संबल योजना के तहत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 शिक संशोधन किया जाता है जो अभ्यर्थी आवेदन लगाने से वंचित रह गया है वो सात नवंबर 2022 तक नए आवेदन लगा सकते। इनाक दो हजार सात नवंबर दो हजार बाईस तक आवेदन की अंतिम तिथि है नौ नवंबर 2022 तक प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना स्कूल के द्वारा इनाक ग्यारह नवम्बर दो हजार बाईस को पत्रता की जाँच करनाथ सूची प्रकाशित करना और दिनांक बारह नवंबर 2022 हज़ार बाईस नवंबर 2022 आपत्तियां प्राप्त करना दिनांक 16 नवंबर 2022 को अंतिम विरिता सूची प्रकाशित करना 17 नवंबर 2022 हजार बाईस व अठारह नवम्बर दो मूल दस्तावेजों की जांच करना दिनांक 19 नवंबर 2022 को तो आदेश जारी करना दिनांक 26 नवंबर 2022 हजार बाईस कार्य ग्रहण की अंतिम तिथि शर्तें पूर्व जारी विज्ञप्ति दिनांक 17 अक्टूबर 2022 के अनुसार रहेगी तो जो अभ्यर्थी फारंभ लगाने से वंचित रह गए हैं किसी वो 7 नवंबर 2022 तक अपने आवेदन लगा सकते कर किसी कारण रहें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और एक अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें धन्यवाद